छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में कत्ल की सनसनीखेज वारदात हुई है, जिसमें कांग्रेस के नेता संजू त्रिपाठी को दिन दहाड़े सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया गया आपको बता दें कि बिलासपुर में यह कोई पहली वारदात नहीं है आए दिन यहां अपराधी खुलेआम नए नए अपराध भी कर रहे हैं ऐसा लगता है जैसे इन्हें पुलिस का डर ही नहीं है ताजा घटनाक्रम में बिलासपुर सकरी बाईपास ओवर ब्रिज पर ही लगभग आठ से नौ राउंड फायरिंग करके कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई है गोलीबारी इतनी ज्यादा थी कि कार के शीशे छलनी छलनी हो गए और मौके पर ही घायल की मृत्यु भी हो गई। हालांकि घटना के बाद मौके पर बिलासपुर आई जी SSP और पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुंचे और जांच में जुट गए हैं भाई के द्वारा कराई गई है। सभी पहलुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है और आसपास के सभी एरियाज़ में जो भी सूचना अवेलेबल है, देखने को मिल रहा है में जो बुलेट्स लगी हैं, वो चार से पाँच होने की संभावना है घटना स्थल ऐसी इस प्रकार की घटनाओं ऐसी शहर वासियों में काफी खौफ का माहौल व्याप्त हो रहा है ब्यूरो रिपोर्ट यूनिक ट्वेंटी न्यूज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान